हमने पिछले हफ़्ते आप लोगों को नमाज की अहमियत बतलाई थी कि नमाज की क्या अहमियत है मेरे भाई नमाज हमारे लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है आज हमारा वक्त देखो कहाँ कहाँ ज़ाया हो जाता है लेकिन हम पाँच मिनट अल्लाह को नहीं दे सकते आज हम जो है एक एक घंटा एक एक तीन तीन घंटे दो दो घंटे चार चार घंटे एक फिल्मों को देखने में लगा लेते हैं जो कि कभी किसी फिल्म को देखते हैं कभी किसी फिल्म को देखते हैं लेकिन पाँच मिनट सिर्फ़ अल्लाह की बारगाह में हम नमाज नहीं पढ़ सकते यह आज का हमारा हाल है और जबकि हर कौम की मेरे भाई एक पहचान होती है जिसमें जिससे क्या करती है? वो लोगों में पहचानी जाती है और इसी तरह मुसलमानों की एक ख़ास पहचान है दिन और रात में पाँच वक्त की जमात के साथ नमाज अदा करना नमाज इंतहाई अहम इबादत है ईमान के बाद सबसे पहला अहम फरीदा जो इंसान पर लाजिम होता है वो नमाज ही है उससे अल्लाह की रजामंदी हासिल होती है और दिल को हमारे क्या होता है सुकून मिलता है दुनिया के मसाइब और परेशानी परेशानियों से हमें क्या मिलती है नजात मिलती है इसी नमाज़ पढ़ने से इसलिए हमें चाहिए कि खुशू और खुजू से नमाज पढ़ें मेरे भाई आज देखो हम लोग नमाज को बिलाजह छोड़ते चले जा रहे हैं बिला वजह कहीं पर हमें ध्यान नहीं आ रहा है कि हमें नमाज हमारे ऊपर फ़र्ज़ है देखो बहुत से लोग बिल्कुल इसी तरीके से अपनी ज़िंदगी काटते चले जा रहे हैं आज अगर देखोगे तो कहीं कोई पठान फिल्म आ रही है, कहीं कोई फिल्म आ रही है उन फिल्मों को लोग पता नहीं देख रहे हैं उनके बारे में बातें कर रहे हैं कोई ये नहीं बातें कर रहा है कि यार मेरे भाई हमें भी नमाज पढ़ना है पांच टाइमों में नमाज का एक एक टाइम की भी हमसे नमाज नहीं हो रही है और बातें पठानों फिल्मों की हो रही हैं उनकी देखी दार हो रही हैं कि उन्होंने इतनी बिजनेस करी उन्होंने इतना करोड़ कमाया अन भक्तों के मुंह पर ये लगा वो लगा वो सब बातें हो रही हैं लेकिन इस किस्म की कोई बात नहीं हो रही है कि मेरा भाई अल्लाह हमको देख रहा है हमें जो फिल्में देख रहे हैं अल्लाह हमसे चाह रहा है अल्लाह हमसे कुछ मांग रहा है लेकिन हम उसके बारे में नहीं सोचते ज़रा सोचो तो सही के पठान फ़िल्म को देखने के लिए लोग कितने बेताब थे कितने बेताब अगर इतने ही बेताब लोग आज क्या करते जुमे की नमाज़ पढ़ने के लिए हो जाते या एक टाइम पाँच में से एक टाइम की भी नमाज़ पढ़ने के बेताब हो जाते तो बताओ आज हमारे कैसे काम बन जाते हैं आज हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाती लेकिन बिल्कुल नहीं नज़र आते यहाँ तक के आज हम अपना टाइम को बर्बाद करते चले जा रहे हैं हम ये सोच ही नहीं रहे हैं कि हमारा टाइम कितना क़ीमती है देखो तो मेरे भाई वक्त की वक्त पर क़दर करो वरना फिर वक्त भी आपकी कदर नहीं करेगा आप नमाज नहीं पढ़ रहे लेकिन आप बिला वजह के वक्त को ज़ाया कर रहे हैं बिला वजह कामों में लगकर अपने वक्त को बर्बाद कर रहे हैं अपनी सलाहियत को तबाह और बर्बाद कर रहे हैं अभी कुछ दिन पहले पतंगों का मौसम था बसंत थे कितनी पतंगबाज़ी हुई बहुत ज़्यादा पतंगबाजी हुई लोगों ने पतंगे उड़ाई सोचो तो, सोचो तो सही लोगों ने यहाँ तक के डीजे बजा बजा के पतंगें उड़ाईं और जबकि ये किसका काम था ग़ैर मुसलम लोगों का काम था गैर लोगों का उनका यह त्यौहार है पतंगें उड़ाना लेकिन हमने फिर भी पतंगें उड़ाईं एक तो देखो पतंग उड़ाना है ही नहीं सही इससे तीन नहीं चार चार गुना हो रहे हैं एक ये कि आपने डीजे बनाया बनाए गाजे सुनाए गाने सुनाए दूसरे लोगों को पहला गुना दूसरा गुना ये कि आपने एक दूसरे की पतंगें लूटी या रील लूटी या कुछ भी लूटा ये भी गुना देखो आप ये ना समझें कि यह कोई गुना नहीं है आप चाहे कितनी ही सोच लें हमारे रस्म व में ये सब जायज़ हैं मतलब कोई लूटना वूटना नहीं होता लेकिन इस्लाम की नज़र में ये लूटना ही है ये है दूसरा गुना तीसरा गुना क्या आपने पैसे से मंगा मंगा कर ख़रीद खरीद कर पतंगे उड़ाए बिला वजह बर्बाद किया अल्लाह कहते हैं खाओ पियो फजूल खर्ची मत करो आपने फजूल ख़र्ची काम करा बताओ अगर यही पैसा आप किसी मस्जिद में दे देते तो फिर कितना सही रहता एक दूसरे की गरीब आदमी को अगर ये पैसा दे देते कि हम नहीं पतंग उड़ाएंगे, नहीं ख़रीदेंगे चल ये तू तीन हज़ार रुपये अपने लेने रख ले आज वो गरीब आपको कितनी दुआ दे रहा होता कितनी लेकिन हमने वो भी नहीं सुना ये तो ये तीसरा गुना है अब चौथा गुना क्या है चौथा गुना ये है कि हमने वक्त को ज़ाया करा अपने टाइम को अपने कीमती लमहों को बर्बाद करा ये सोचो बहुत कीमती टाइम था हमारे पास था। हमने इसको बर्बाद करा नमाज़ नहीं पढ़ी वो तो अलग अलग गुना वक्त को बर्बाद करा सबसे बड़ा गुनाह तो मेरे भाई बहुत सारे काम आजकल ऐसे हो चुके हैं जिनसे हमारा वक्त जाया का ज़ाया होता चला जा रहा है हम नहीं सोच रहे हैं कि हमारे आगे एक ज़िंदगी है देखो मेरे भाई जब अल्लाह किसी को मौत देते हैं मौत का फरिश्ता जब किसी की रूह कब्ज़ करता है और वो अल्लाह से ज़रा सी एड़ी लगा लगा कर कहता है कि अल्लाह तू मुझे बस खाली पाँच दस मिनट दे दे पाँच दस मिनट दे दे या अल्लाह अल्लाह कहता है हम उसको कतई मोहलत नहीं देंगे हत्या जाबर तला अल्लाह कहते हैं जब हम किसी को मौत देते हैं तो उनमें से कहते हैं अल्लाह तो मुझे वापस लौटा दे मैं अच्छे अमल करूँ मैं नक अमल करूँ अल्लाह कहते हैं हरगज़ नहीं हरगिज़ नहीं तो मेरे भाई अल्लाह कहते हैं अगर कोई बंदा जब हम मौत उसकी मतलब रूह कब्ज़ कर रहे हों और अगर वो उस वक्त दुनिया की तमाम ताकतें हमें दे दे दुनिया के बदले का सारा का सारा पैसा दे दे पूरी दुनिया दे दे तब भी हम उसको और ये कहे वो इंसान के अल्लाह बस खाली एक मिनट दे दे अल्लाह एक मिनट नहीं देंगे मेरे भाई ये है वक्त की अहमियत लेकिन हम बिलावे के वक्त अपना टाइम बर्बाद करते चले जा रहे हैं हम भूल गए हैं कि हमारी ज़िंदगी थोड़ी सी है हम ये सोच रहे हैं कि हमारी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा है बहुत मज़े वाली काटो मस्ती करो मौज करो कुछ भी करो मेरे भाई ये नेमत है वक्त का मिलना हमें नेमत है अगर देखो अगर हम पैसों से चाहें तो वक्त को नहीं ख़रीद सकते पैसों से हम घड़ियां तो ख़रीद सकते हैं लेकिन वक्त नहीं ख़रीद सकते तो ये वक्त हमारे कितनी अहम चीज़ है लेकिन हम बिला वजे के कामों में लगा कर अपनी सलाहियतें बर्बाद कर रहे हैं लोग क्रिकेट मैच को देख रहे हैं उनकी कमेंट्रीयां सुन रहे हैं टी में बैठ बैठ के अपने एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार चार दिन को बर्बाद कर रहे हैं ये इंटरटेनमेंट के कामों में लगा कर सोचो तो सही मेरे भाई कब तलक ऐसे काटते रहोगे कब तलक जवान हो मेरे भाई अल्लाह ने आपको ये जवानी दी है नाममत है इस जवानी को अल्लाह के कामों में लगाओ गरीबों की मदद करने में लगाओ देखो ये जवानी आपको फिर फ़ायदा देगी और अगर आपने इस जवानी को इंटरटेनमेंट के कामों में लगाया आपने इस जवानी को अयाशी में लगाया आपने इस जवानी को मौज मस्ती में गुजारा तो फिर मेरे भाई आपकी ये जवानी बरकरार नहीं रखेगी आप ये सोचो कि ये जवानी हमारे पास रहेगी नहीं नहीं नहीं नहीं मेरे भाई अल्लाह कहते हैं हम कुछ ताकतें देते हैं और फिर कुछ थोड़े ही दिनों में वो ताकतें आपकी कमज़ोर होने लगती हैं आप बुढ़ापे में आ जाते हैं आपके वो सारे आजा काम करना ख़त्म कर देते हैं आप नकियाँ करना अभी जवानी में नहीं कर रहे थे बुढ़ापे में आप नकियाँ भी करने लगते हैं अफसोस तो आज इस बात का है कि हम लोग नकियाँ उस वक्त में करते हैं जब बुराई करने के काबिल भी नहीं रह जाते तो मेरे भाई अल्लाह अल्लाह को सबसे पसंदीदा काम यह है कि जवान की तौबा, वो जवानी में अपनी तौबा करे और वो अल्लाह के साथ लग जाए अल्लाह से दिल लगा ले अपने दिल में अल्लाह को बसा ले अल्लाह की इबादत करे लेकिन नहीं हो रहा ये सब ये सब बिला वजह कामों में अपनी ज़िंदगियां बर्बाद हो रही हैं सारे के सारे काम ऐसे चले जा रहे हैं हमारी पूरी ज़िंदगी ख़त्म होती चली जा रही हैं लेकिन कहीं किसी भी चीज़ की हमारे अंदर ज़रा सा डर और खौफ है ही नहीं उस रब का है ही नहीं कहीं तो हमसे टाइम इतना बर्बाद हो रहा है कहीं तो इतना टाइम बर्बाद होने के बाद भी हमारे दिल में ज़रा सा एहसास नहीं पैदा होता कि हम ये क्या बातें कर रहे हैं हम ये क्या काम कर रहे हैं क्यों अपने टाइम को बर्बाद कर रहे हैं मेरे भाई एक बात याद रखो कुछ ना कि ना कुछ ज़रूर किया करो नहीं मिले तो उधेड़ के सिया करो ये बात याद रखो तो मेरे भाई नमाज भी अपने इन्हीं टाइमों में से पढ़ लिया कहें नमाज की बहुत अहमियत है लेकिन हम लोग नमाज बिल्कुल भी नहीं पढ़ते वही पढ़ते जुमे जुमे में आके बताओ एक दिन खाली इबादत करने से हमारा काम बन जाएगा हम लोग दिन में तीन तीन, तीन बार खाना खाते हैं लेकिन बस खाली जुमे जुमे में आते हैं नमाज पढ़ने वो भी सिर्फ दो रकात ये हम क्या बता रहे हैं ये हम अल्लाह से ये तो नहीं कहना चाह रहे कि अल्लाह हम तेरे ऊपर एहसान कर रहे हैं या ये कहते हैं आप लोग कि हम बस खाली इस रस्म को अदम, अदा कर रहे हैं या ये कह रहे हैं आप कि हमारे बाप दादा नमाज़ पढ़ते थे तो हमने भी पढ़ ली नहीं मेरे भाई ऐसे काम नहीं चलेगा अल्लाह ने पांचों टाइम की नमाज हमारे ऊपर फ़र्ज़ रखी है उसने जब इतनी सारी हमें न्यामतें दी हैं वक्त का मिलना हमारे लिए नियामत है आंखों का मिलना नियामत है आंखों से देखना चीज़ हमारे लिए नियामत है कानों का सुनना नियामत है नाक से सूखना नियामत है जबान से बोलना नियामत है हलक से नीचे उतारना खाना नियामत है मैदे में हजम होना नियामत है पाखाने पेशाब के रास्ते से निकलना पानी और, और भी कुछ चीज वो भी हमारे लिए नियामत है टांगों से चलना हमारे लिए नियामत है हाथों से पकड़ना हमारे लिए नियामत है दिल से सोचना हमारे लिए नियामत है दिमाग से समझना हमारे लिए नियामत है हर एक चीज है अल्लाह ने इतनी सारी जब नियमतें अदा कर रखी है तो क्या हमसे कुछ इसका बदला नहीं मांगता जरूर मांगता दी है तो फिर पांच टाइम हमारी बारगाह में आ जाया करो और हमारा शुक्र अदा कर लिया करो क्या अल्लाह तुमने इतना सब कुछ हमें दिया हमने तेरा शुक्र कर दिया अल्लाह कहते हैं अगर हमसे न्यामतें ले ले तुम हमें लाखों करोड़ों रुपये दोगे लेकिन फिर भी कहोगे कि अल्लाह वापस कर दे नहीं होंगी तो अल्लाह आज हमें फ्री में दे रहा है लेकिन हम नहीं नमाज़ मेरे भाई वक्त पर अदा करें नमाज़ में क्या करें खुशु और खुजू के साथ पढ़ें नमाज़ में दिल लगाएं अपने हम लोग आते हैं नमाज बिल्कुल इसी तरीके से पढ़ते हैं बस चले जाते हैं सोचते हैं क्या नमाज़ है कुछ नहीं है हमारे बुज़ुर्ग जब नमाज़ पढ़ते थे कैसा उनके अंदर बुध दिखता था काबा उनको दिखता था हमारी नमाज़ें ऐसे ही हो रही है जैसे पूरा का पूरा दुकान का हिसाब जुड़ रहा है भाई डाटा हो रहा है उसका एक एक चीज़ क्लियर हो रही है <coughs> मेरे भाई नमाज के अरकान अच्छी तरह अदा करें और नमाजों का अहतमान भी करें देखें खांसी तो होने लगी आप लोगों की वजह से लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं वक्त को ज़ाया कर रहे हैं पटियों पर बैठ के लोग गेम खेल रहे हैं किस तरीके से बताओ गेमों में वक्त की बर्बादी हो रही है बच्चे तो खेल ही खेल रहे हैं उनके साथ हमने बड़े बूढ़े जवानों तक को देखा खेलते हुए अब बताओ क्या ये बच्चे अपनी सलाहियत पैदा कर पाएंगे जो आज गेमों में लगे हुए हैं अपनी ज़िंदगी में गुजार रहे हैं गेमों में मोबाइलों में लग कर अपनी जिंदगियां कट रही हैं उनकी ये क्या अपनी सलाहियतें पैदा कर पाएँगे मेरे भाई इनको दीन से जोड़ो इनको अल्लाह से दिल लगाओ इनका अल्लाह की तरफ इनको रुजू करो ये दुनिया से इनको हटाओ ये दुनिया एक धोखे का घर है मच्छर का पर है मकड़ी का जाला है मक्खी का पर है मेरे भाई यहाँ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है यहाँ हुसैन जैसे लोगों को यहाँ नेक लोगों को इंसान ये दुनिया बेवकूफ़ बनाती है और कम और बेवकूफ़ किस्म के यजीद जैसे लोगों को ये दुनिया बादशाह बना देती है इस दुनिया के पीछे क्यों पड़ रहे हो क्यों भाग रहे हो ये दुनिया का सारा का सारा कुछ ये दुनिया का सब कुछ ये दुनिया के मज़े ये दुनिया की राहतें ये दुनिया की आराम सब के सब आखिरत के मुकाबले में कुछ भी नहीं है किसी इंसान के लिए नहीं है कि वो इस दुनिया की खातिर अपनी उस आखिरत को बर्बाद करे मेरे भाई उस आखिरत को कामयाब बनाओ वो ज़िंदगी है मेरे भाई ये हमारे जो दिन कट रहे हैं ना वहाँ वो आखिरत के मुकाबले में ये ज़िंदगी हमारे लिए बहुत छोटी है एक दिन लगेगा आपको एक घंटा लगेगा हम आज ये अपनी ज़िंदगी फ्री की फ्री की ज़िंदगी हम बिला वजह के उल्टे सीधे गुनाहों वाले कामों में अपने गुजार कर चले जा रहे हैं गेमें खेल रहे हैं वक्त अपना बर्बाद कर रहे हैं इस्पोर्ट देख रहे हैं टी में अपने टाइम बर्बाद कर रहे हैं और भी न जाने क्या, क्या क्या कर रहे हैं हम ये वक्त की कदर नहीं कर रहे हैं वक्त हमसे कदर नहीं करवा पा रहा है या ये हम वक्त की कदर नहीं कर रहे हैं मेरे भाई वक्त की कदर करो इस्लाम में वक्त की बड़ी अहमियत है इस्लाम कहता है वो काम हराम है जिनसे आपका वक्त ज़ाया हो रहा है जिनसे आपको इंटरटेनमेंट तो मिल रहा है लेकिन वक्त ज़ाया हो रहा है यही वजह है कि मेरे भाई देखो आज तरक्की याफ्तर मुल्क जो आज बड़े बड़े मुल्क हैं जिनको आज दुनिया बड़ी तहजीब से जानती है अदब से उनको पहचान है और समझती है कि ये पढ़े लिखे लोग हैं वक्त नहीं टाइम होता वहा जापान उसने खुदकशी कर ली सोचो जरा सही कि पंद्रह मिनट नहीं वो अपने बर्बाद होने दे रहा यहां तो एक दिन नहीं हो रहा दो दिन नहीं हो रहे तीन दिन नहीं हो रहे चार पांच छह दिन सब पूरा का पूरा हफ्ता बर्बाद बिला वजह के काम अगर यही हफ्ते को अल्लाह की तरफ़ लगा लो तबलीगी जमात वाले आते हैं कहते हैं भाई अल्लाह की राह में तीन दिन लगा लें हफ्ता लगा लें महीना लगा लें चिल्ला लगा ले। लें लेकिन किसी की खोपड़ी में जू से चूँ नहीं रोंगता कहीं रोंगता नहीं सोचते यार कहाँ लगाएँगे यार घर में निरह काम है और यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं तीन दिन हमारे ऐसे ही बर्बाद हो जाते हैं बिल्कुल कुछ भी काम नहीं होता रत्ती बराबर बर्बाद हो जाते हैं सोचो ज़रा सही हम ये कौन सी अपनी ज़िंदगी काट रहा है? अगर हम एक सच की बात करें तो देखो इंसान जो है ना आज तीन घंटे फिल्म देखने के लिए भी परेशान नहीं होता उसको तीन घंटे की देखने तीन घंटे फिल्म देखने के लिए बहुत कम लगते हैं लेकिन ज़रा सा ख़ुतबा अगर ऊपर हो जाए ये बयान ज़रा सा ऊपर हो जाए तो इंसान बोर होने लगते हैं पता नहीं ये मौलवी क्या बता रहा है क्या नहीं मेरे भाई आज अगर आपने हम जो बातें बता रहे इसको मान लिया तो आपकी ज़िंदगी फ़ायदे में है अगर आपने नहीं माना तो कल आपको इसका नुकसान होगा आप अफसोस करेंगे कि ये मौलवी गलत बात नहीं बता रहा या ये कोई गलत बातें नहीं बता रहा सही बातें बता रहे हम आपको आज आप जितना पठान को देखने में और इनकी बातों को सुनने में आज आप ये सोचते हैं ना कि ये शाहरुख खान हमारे रियल हीरो हैं मेरे भाई रियल हीरो ये नहीं है रियल हीरो तो हमारे वो हैं जो कमर से झुक गए हैं लाठी उनके हाथों में है आंखों में देखने की सलाहियत नहीं है हाथों से पकड़ने की सलाहियत नहीं है पाँव से चलने की सलाहियत नहीं है पेट उनका कमर में लग चुका है बिल्कुल झुक चुके हैं और जैसे ही फजर की असान होती है मोहिन कहता है असला तो खैरुम न सोने से बेहतर है नमाज तो वो इंसान उठता है ठंडे पानी से अपने पैरों को धुलता है ठंडे पानी से अपने हाथों को धुलता है ठंडे पानी से अपने चेहरे को धुलता है वो इंसान मेरे भाई असल हीरो है हमारे लिए वो हीरो है वो एक बुजुर्ग जो खात लग नहीं पा रहा सही से लेकिन उस अल्लाह की बारगाह में कैसे जा रहा है इस सर्दी के मौसम में अपने वो लिहाफ को हटा के इस ठंडे पानी में अपने नहा के और वो कैसे हाथों को धुल के उस बारगाह में आ रहा है उस रब की बारगाह में आ रहा है उस रब से दुआ कर रहा है हमारे लिए असल हीरो तो ये है इनसे मुहब्बत हमें होनी चाहिए हमारे ये असल फैन है हम हमारे असल ये हीरो हैं लेकिन हमें किन से मुहबत है शाहरुख खान से सलमान खान से मेरे भाई इन लोगों का कोई मज़हब नहीं है हम ये कह सकते हैं ये कोई नेकी ऐसी करते होंगे जिनको अल्लाह को पसंद आ जाए लेकिन ये जो काम कर रहे हैं ना इनके काम कोई से ठीक नहीं है क्योंकि ये वो काम कर रहे हैं जिनसे हमारा टाइम बर्बाद हो रहा हमारा टाइम सारा का सारा बर्बाद हो रहा इस्लाम इसी चीज़ को बताता है कि फिल्म देखना और फिल्म दिखाना ये सब क्या है टाइम बर्बादी वाले काम है और इससे बेहयाई फैल रही है ये सब चीज़ें क्या इस्लाम की नज़र में बैन उसका कानून अलग है इसी तरीके से पतंगे उड़ाना पतंगों का कारोबार करना इस्लाम में क्या है बैन ये सब चीज़ें बंद क्रिकेट खेलना ये सब इस्लाम में क्या है बंद इस्लाम कहता है हमारे पास भी खेलना है खेलो घोड़े चलाओ इस्लाम कहता है तैरना सीखो इस्लाम कहता है जिम करो ये सारे काम है इंटरटेनमेंट भी आपको मिलेगा लेकिन नहीं हो रहे हैं हम पता नहीं यार आज कैसी खोपड़ी लगाए मेरे भाई ज़रा सोचो तो ज़रा सही आज नमाज के ऊपर हमारा बयान चल रहा था लेकिन बातें कहां से कहां तलग हो गई देखो आज एक इंसान नमाज़ पढ़ना नहीं चाहता पता नहीं क्यों नहीं चाहता नमाज बहुत बड़ी चीज़ है जिससे हम अल्लाह से अपने रबत हासिल कर सकते हैं अल्लाह को हम मना सकते हैं और अल्लाह को खुश कर सकते हैं इसी नमाज से पढ़ लेकिन नहीं हो रहा ये हमसे आज कोई नहीं पढ़ रहा नमाजों को इतने बयान होने के बावजूद भी नमाज़ों की हमारी पाबंदी हो ही नहीं रही है तबलीग वाले अलग आ रहे हैं तब भी नहीं हो पा रही है क्यों हमें अल्लाह से मोहब्बत क्यों नहीं हमारे अंदर सोचो तो ज़रा सही क्यों नहीं है वो रब इतनी सारी न्यामतें दे रहा है लेकिन फिर भी हमसे नहीं हो रहा क्यों नहीं हो रहा ज़रा सोचो मेरे भाई ज़रा सोचो ज़रा सोचो एक इंसान मज़दूर इंसान कितनी मेहनत करता है बताओ धूपों में गिट्टियों को चढ़ाता है सीमेंट की बोरियों को चढ़ाता है सब कुछ करता है लेकिन पंखे के नीचे सिर्फ पाँच मिनट और उस रब को नहीं दे सकता है नहीं अफसोस की बात है एक इंसान जो फिल्म देखने के लिए तीन तीन घंटे अपने बर्बाद लेकिन उस रब की बारगाह में आकर खुतबा सुनने के लिए सिर्फ पाँच मिनट अपने नहीं दे रहा पाँच मिनट नहीं दे रहा एक बात सोचो मेरे भाई आज एक जिम में जाने वाला इंसान जो अपनी चर्बी को गला रहा है अपनी चर्बी को अपने फैट को कम कर रहा है लेकिन पाँच मिनट मुसल्ह बिछाकर अपनी रूह का बोझ हल्का करने के लिए नमाज नहीं पढ़ रहा है ये इंसान के आज हमारे हालात हैं मेरे भाई नमाजों में दिल लगाओ मेरे भाई नमाज में दिल लगाओ नमाज़ों में दिल लगाओ बे दिल लगी से नमाज मत पढ़ो उस रब की कुदरत को देखो उस रब को पहचानो नमाज में दिल लगाने का तरीका है मेरे भाई सबसे पहले ये समझो कि हम अल्लाह को देख रहे हैं अगर ये भी नहीं दिल में ख्याल आ रहा तो ये समझो कि अल्लाह हमें देख रहा है ये भी नहीं हो रहा तो मेरा भाई ये सोचो अपने नज़रों अपनी नज़र जो है ना सजदे की जगह पर देखो खड़े हो के और ये समझो कि ये ज़मीन के अंदर हमें मर के जाना है इस ज़मीन के अंदर हमें जाना है जब इस तरीके से देखोगे तो आपका नमाज में दिल लगेगा जब आप सजदे में जाओ तो अपनी निगाहें नाक की तरफ रखो कि इंसान मरने के बाद कबर में जाने के बाद सबसे पहले उसके जिस्म की कोई चीज़ अगर ख़त्म होगी तो वो नाक की नाक ही चीज़ उसकी ख़त्म होगी नाक ही बेकार होगी उसके जिसम की इस तरीके से दिल लगाओ रुकू में जाओ मेरे भाई तो अपने पाँव की तरफ़ देखो कि आपकी रूह जो है ना यहीं से निकलेगी इसी तरीके से मेरे भाई जब आप क्या करें अतियात में बैठ जाए तशहुद में बैठ जाए तो अपनी नज़रें झोली की तरफ़ रखें दामन की तरफ़ और देखें कि हम इस दुनिया से क्या लाए थे और इस दुनिया से हम क्या ले जाएंगे इस तरीके से अगर मेरे भाई सोचेंगे खोपली लगाएँगे तो हमारे दिल में नमाज़ में हमारा दिल लगेगा ये नमाज़ में दिल लगाने का हमारा तरीक़ा है तो और मेरे भाई नमाज गुनाहों सो गुनाहों को इस तरह धो देती है जैसे पानी गंदगी को धो देता है नमाज ज़रूर पढ़ा करें मेरा भाई देखो इज्जत का मिल जाना या शोहरत का मिल जाना या पैसा आ जाना है या दौलत का मिल जाना ये कोई कामयाबी नहीं है असल कामयाबी पता क्या है? पाँच वक्त की नमाज पढ़ना और अपने रब से करीब हो जाना ये दुनिया की सबसे बड़ी कामयाबी है मेरा भाई असल कामयाबी यह है हम पता नहीं कौन सी कामयाबी के पीछे पड़े हुए हैं कौन सी कामयाबी को ढूंढ रहे हैं और वो कामयाबी भी हमारे हाथ में नहीं लग रही हमारी जिंदगी कटती की कटती चली जा रही है कामयाबी कैसे हाथ लगेगी अल्लाह जब कह रहा है कि दुनिया की जिंदगी है ही नहीं कुछ तो फिर कैसे कामयाबी मिलेगी अगर मानो कि तुम्हें वो कामयाबी मिल भी गई अगर तुम्हारे पास बंगला हो भी गया कार हो भी गई पैसा हो भी गया दौलत हो भी गया कब तलक हो जाएगा आपको क्या मरना नहीं है आपको क्या कबर में नहीं जाना आपको क्या लोग कबर में नहीं दफनाएंगे बिल्कुल दफनाएंगे तो फिर सोचो फिर मेरे भाई कैसी कामयाबी है ये ये कामयाबी तो हमसे छीन जा रही है ये कामयाबी तो हमारी खत्म हो रही है जरा सोचो तो सही मेरे भाई कब तक नहीं सोचोगे खोपड़ी लगाओ मेरे भाई देखो जैसे चल रहा है तो ठीक है नहीं समझ में आ रहा है तो फिर जैसे चलो ठीक है हमारा काम है बतलाना आपको अल्लाह तुआ करो कि अल्लाह तमारी खोपड़ियों में यह बातें खूब अच्छी तरह डाल दे अल्लाह तक कहने सुनने ज्यादा अमल करने की तोहफी कदाफरमा अमीन